दो हज़ार में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरी लगातार पांच हार के बाद पहली जीत दर्ज कर ली है सीजन में सैतालीसवें मैच में कोलकाता ने अपनी मजबूत गेंदबाजी और फिर कुछ अच्छी साझेदारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स को सेवन विकेट से हरा दिया उमेश यादव शिवम मावी समेत सभी गोलंदाजों के दमदार प्रदर्शन से कोलकाता ने वानखेट स्टेडियम में राजस्थान को सिर्फ बानवे रन पर रोक दिया फिर नीतीश राणा और फोर्टी एट नाबाद और रिंकू सिंह 42 नाबाद की बेहतरीन पारियों के दम पर कोलकाता ने 19.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली कोलकाता की दसवें मैच में चौथी जीत है जबकि राजस्थान की इतनी ही मैचों में चौथी हार है सैमसन की टीम को लगातार दूसरी मैच में हार मिली है अगर आपको ये वाली हाईलाइट अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को अच्छा सब्सक्राइब कर देना हम डेली हाईलाइट देगे अगली बारी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय